हेलो दोस्तों मेरा नाम सुमित्र और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग डी आज हम बात करेंगे चार वेबसाइट्स की एक्चुअली नॉलेज नॉलेज इज़ द पावर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते बट अगर हम किसी फील्ड में एंट्री ले रहे हैं जैसे कि अगर मैं क्रिप्टो स्पेस की बात करूं तो हमें जानना चाहिए हमें पता होना चाहिए बेसिक्स चीजों की जो बेसिक्स है हमें पता होना चाहिए तो बेसिक्स को जानने के लिए कुछ मीडियम होने चाहिए यानी कि हम कहा से शुरुआत करें सबसे पहले सवाल ये रहता है लोगों का कि हम कहाँ से शुरुआत करें तो मैं अभी चार वेबसाइट आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत काम की है आप लोगों के इन्हें जरूर देखिएगा अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर जरूर इन वेबसाइट्स पर नजर मारिए एक बार और इन्हें रेगुलरली फॉलो करिए फॉर अपडेट्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पर आपको पूरी क्रिप्टो स्पेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था लगभग 2016 में तब इतनी चीजें नहीं थी यहाँ पर अब चीजें धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्ड हो रही है धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रही है तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब काफी रिसोर्सेज है हमारे पास चीजों को एनालाइज करने के अब, अब सबसे पहले आइए चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं वो चार वेबसाइट जो आपको मस्ट जाननी ही चाहिए अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो तो सबसे पहले जो वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कोइन मार्केट कैप सभी हर कोई जानता है इसके बारे में एक्चुअली कुछ भी नया नहीं है बट uh, मेरी लिस्ट में ये नंबर एक पर है इसके अलावा भी और तीन वेबसाइट है जो शायद हर कोई नहीं जानता होगा तो कोइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है जो हम जो स्टार्टिंग में आई थी जब लॉन्च हुई थी तो इस पर हम क्रिप्टो लिस्ट देख सकते थे यानी कि कौन सी कॉइन है कितने कोइंस है क्या उनका मार्केट कैप है क्या उनकी डिटेलिंग है वो सब देख सकते थे आज इस पे हम बहुत कुछ देख सकते हैं यानी कि अगर मैं बात करूं तो हम रैंकिंग रिसेंटली एडेड और कैटेगरी ये इस कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि जो आज कैटेगरीज बन चुकी है अलग अलग अप्टो स्पेस में वो सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि डी फाइव एन एफ टी मेटावर बी एन बी चेन सोलोना एटसेट्रा इस तरह से हम अलग अलग कॉइन को कैटेगराइज करके देख सकते हैं अब गेनर एंड लूजर्स स्पॉट में क्या है ग्लोबल चार्ट्स क्या कहते हैं स्नैपशॉट्स प्राइसिंग का क्या है यानी कि कब प्राइस किस टाइम पे क्या था अपकमिंग सेल्स टॉप कलेक्शन ओवरऑल एन एफ सब कुछ यहाँ पर हमें मिल जाता है आपको वन बाई वन इधर जाना चाहिए और इन चीजों को देखना चाहिए जो है, है, सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे कॉमोडिटी एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स बट दो मच ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है जब हम क्लिक करते हैं इधर सर्च uh, बार में तो हमें ये कुछ क्वेंस दिखाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कोइन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिक्स कोइन होती है ये होती है मोस्ट ट्रेंडिंग सर्च ऑन मार्केट यानी कि इन कॉइंस को यूजर्स ने अधिकतर यूजर्स ने सर्च किया है और ये वो कॉइन्स है तो इनमें हम देख सकते हैं कि इनमें क्या हुआ जब लोगों ने सर्च किया जैसे कि अगर मैं पेनके पेनकेक स्वैप में खोलता हूं यहाँ पर मैंने खोला अभी और इसका प्राइस है थ्री पॉइंट एट एट डॉलर करेंटली तो मैं अभी इसके इसे लेके जा सकता हूं आ, ट्रेडिंग व्यू पर और वहां मैं देख सकता हूँ कि इसके चार्ट में ऐसा क्या हो क्यों लोग इसे सर्च कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देता है ये आ, इसके अलावा हमें कोइंस का ऑल टाइम हाई क्या था ऑल टाइम लो क्या था यह भी बताता है ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा अगर मैं इस क्लिक करता हूँ तो 52 सब पर हम देख सकते हैं। सारी की आ, हम देख देख सकते सकते हैं हैं सारी तो ये बहुत ही ज़्यादा है आइए चलते हैं अपनी सेकेंड वेबसाइट की तरफ सेकेंड वेबसाइट जो हमारे पास है वो है कोइन मार्केट कैल मिलता जुलता नाम है कोइन मार्केट कैप इस पे होता क्या है बेसिकली इसे क्यूज करना यूज करना चाहिए इस वेबसाइट पे हम जान सकते हैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में इसका इतना ही इस्तेमाल है इतना ही यूज है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूं हम यहाँ पर प्राइस डिफाइन कर सकते हैं सपोज हमें दिसंबर 12 से लेकर दिसंबर 31 तक का देखना है कि कौन कौन सी इवेंट है यहाँ पर कीवर्ड डाल सकते हैं हम कोइन का नाम डाल सकते हैं या कोइन का किस तरह की कोइन हो, होनी चाहिए एक्सचेंज हो। डाल सकते हैं एंड टीम अपडेट या कोई भी डाल सकते हैं ये फिल्टर है और ऑप्शनल है मैं सिंपली यहाँ पर अगर एक डेट सिलेक्ट करता हूँ आज से लेकर 31 तक की और मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे अपकमिंग इवेंट्स सारी यहाँ पर लिस्ट कर देगा किस प्रोजेक्ट की कौन सी इवेंट आने वाली है जैसे कि इसकी ए, ए, ए, ए, ए की 12 दिसंबर यानी कि आज पोक्स फाइनेंस वर्जन टू अपडेट होने वाला है एप क्विन का एन स्टेकिंग ऑन बाइनेंस शुरू होने वाला है एंड अगर मैं आगे बात करूं इन की बारह दिसंबर को कोइन कुकोई, लिस्टिंग होने वाली है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसकी इवेंट कब आने वाली है हम इवेंट के बेस पर किसी भी को बाई कर सकते हैं अगर उसका फंडामेंटल सही है तो उसे हम बाई कर सकते हैं और इवेंट से हम एक दिन या दो दिन पहले एग्जिट मार सकते हैं ये एक बहुत ही लेमन टेक्निकल सेटअप है जो मोस्टली क्रिप्टो में तो काम करता है आप जब भी आपको इवेंट दिखे इवेंट से एक हफ्ता पहले बाई करिए और दो दिन या एक दिन पहले जब आपको पंप दिखे आप सेल करके बाहर निकल जाइए तो ये वेबसाइट इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए चलते हैं अपने जो अभी हमारे पास है वो है आईसी इस वेबसाइट के बारे में आपको मोस्ट ऑफ दीपल नहीं बताएंगे इसमें जब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं तो तीन कैटेगरीज में ये डिवाइड रहती है एक्टिव अपकमिंग एंड एंडेड ये एक्चुअली आईसीओ की लिस्ट देती है हमें जो आईसीओ अपकमिंग है क्रिप्टो में और जो हमें बताते हैं कि क्या क्या उनकी वेबसाइट है क्या उनकी डिटेलिंग है कौन कौन से आईसीओ हैं मोस्टली सभी आईसीओ सी यहाँ पर लिस्टेड होते हैं मोस्टली सारे नहीं होते बट अधिकतर होते हैं और इनमें कुछ आईसीओ सी बड़े अच्छे होते हैं जैसे कि अगर मैं द, द ग्राफ की बात करू जे की बात करूँ तो वो सब यहीं पर लिस्टेड थे जिन्होंने अपने आ, 50x और 60x तक किया अपने प्राइस का वो सब इधर ही लिस्टेड थे तो इसमें एक नजर र, र, र, र, र, सर्टेनली आपको रखनी चाहिए बट हर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजेबल नहीं है अपनी रिसर्च जरूर करें आई टेल यू दीडियो कि एक प्रोजेक्ट में को इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो ये एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए आइए चलते तो हैं अपनी लास्ट वेबसाइट की तरफ आप इसके बारे में जानते भी होंगे ये वेबसाइट है कोइन गेको ये सिमिलर है coin market cap के मोस्टली डिफरेंस नहीं है सब वही है बाई मार्केट क्रिप्टोकरेंसी में अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लिस्ट देखनी है या फिर आपको हाई कुछ भी अलग नहीं है बट फिर भी ये वेबसाइट आई पर्सनली यूज कोइंगट कैप बिकॉज ऑफ सर्टेन रिजन आई होप की ज्यादातर लोग इनके यूज करते हैं आज के टाइम पे जब से ने मार्केट कैप को खरीदा है तो यहाँ पर लिस्ट में हम देखेंगे ये टो, रिसेंट हैं, जो लोगों ने सर्च किया लोग इनमें इंटरेस्टेड है सर्टेनली जैसे की बी एन लोगों ने सर्च किया और आज इसमें डंप भी देखने को मिला ड्यू टू तो सर्टेन न्यूज और टेक्निकल एनालिस वट एवर बट यहाँ पर ये लिस्टेड था यहाँ पर आ, रिसेंट सर्च में ये था और इसने आज एक डंप भी झेला तो ये चीज नोटिस करने वाली है अभी कि ये लिस्ट बड़े काम की चीज है हम इन इन लिस्ट को उठा के भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोइन क्या कर रहा है अभी क्या हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है उसके अलावा डिटेलिंग सेम है कोई मार्केट कैप की तरह कैप 24 फोर आवर ट्रेडिंग टोटल सप्लाई सप्लाई एंड मैक्स एक ऑप्शन जो मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है वो ये कन्वर्ट BNB एन बी टू यूएसटी अगर मुझे जानना है कि मेरे पास 1000 हजार यूएसडी है तो मेरे पास कितने BNB आएंगे तो मैं सिंपली यहाँ पर मुझे थाउजेंड यूएसटी टाइप करना है और ये मुझे बता देगा कैलकुलेट कर देगा कि थ्री पॉइंट अभी मैं ले सकता हूँ ये कैलकुलेटर ये कन्वर्टर हमें नहीं मिलता मार्केट कैप पे सेम ऑल टाइम हो ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो पर आप देख सकते हैं इन सेम फोन में और ये थी बेसिकली चार वेबसाइट्स जिनके बारे में आपको सर्टेनली जानना चाहिए और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको सर्टनली इन वेबसाइट के बारे में जानना चाहिए इन्हें रेगुलरली विजिट करें और यहाँ पर अपडेट्स वगैरह जरूर देखें यह आपको सर्टनली हेल्प करेगी एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें थैंक यू